यदिनाथ कनाम दया नि दी है तो दया भी करेंगे कभी न कभी जदिनाथ कनाम दयान दिए है जदि नाथ का नाम दयानधी है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी तो दया भी करेंगे कभी ना कभी दुखी हारी हरी दुनिया भर के दुखी हार हरी दुनिया भर के दुख कले हरेंगे कभी न कभी दुखी हारी हरी दुनिया भर के दुख कले हरेंगे कभी न कभी यदि नाते का नाम दया नी दी है तो दया भी करेंगे कभी न कभी जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिसे श्यामल रंग, रंग में मोहनी है जिसे श्यामल रंग में मोहनी है उसे रूप सुधार से स्वरूप सुधा से स्नेहियों के वो स्वरूप सुधा से स्नेहियों के दीर्घ प्याले भरेंगे कभी न कभी जद नाथ खाना दया नहीं दी है तो दया भी करेंगे कभी न कभी जहाँगी धन निषाद का आदर है जहाँ गीध है निषादे का आदर है जहां ब्याध है अजामिल का घर है जहाँ गिद निषादे का आदर है जहां ब्याद है अजामिल का घर है जहाँ व्यादे या जहाँ मिल कागर है वहीं भेस बना के उसी घर में वहीं भेद बना के उसी घर में हम जाके रहेंगे कभी न कभी जदिनाथ का नाम दया नित है तो दया भी करेंगे कभी न कभी करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें करुणा करना पाने या जी ने करणा मृत पान कराया जी करना करणा मृत पान कराया जी सरकार अदालत मे ये गवाह है सरकार अदालत में ये गवाह है सभी गुजरेंगे कभी न कभी यदि न थका नाम है। दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी हम द्वारा में आपके आके पड़े हमें द्वार में आपके आके पड़े मुद्दत से इस है जिद पे अड़े मुदत से ई है जिद पे अड़े भव सिंधु भव जो बड़े से बड़े भव सिंधु से बड़े दो तो बिंदु तैरेंगे कभी ना कभी दो तो बिंदु तरेंगे कभी ना कभी जदिनाथ का नाम नहीं दी है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी नाथ का नाम दया न है जब नाथ का नाम दया न है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी तो दया भी करेंगे कभी ना कभी दुख हारी दुख हारी अरे दुनिया भरी के दुख हारी हरी दुनिया भरी के दुख कले से धरे के कभी ना कभी यदि ना देखा नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी यदि ना देखा नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे Kabhi na.